दोस्तों आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि आप इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की एलएलबी एल की डिग्री किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी प्रोविज़नल डिग्री क्योंकि इस समय ला के बहुत से छात्र जो पास हुए हैं तो वो अपना बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मार्सीट कॉलेज में आने में टाइम लग रहा है तो वो लोग प्रोविज़नल डिग्री निकाल करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं तो चलिए दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी एक ब्राउजर पे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी टाइप कर देना है जैसे ही आप इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी वो आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ गई है और आने के बाद अब आपको यहाँ आना है आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ऊपर लिखा हुआ है तो इस पर हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं प्रोविज़नल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ आल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट और रिक्वायर्ड फ़ीस तीन रुपए और रिक्वेस्ट नाउ तो दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रोविज़नल डिग्री के तीन लगेंगे जो कि ये आपको ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगी जैसे ही आप पेमेंट कटाएँगे तो और आप अपना जो भी ये कॉलेज का डाटा इसमें सबमिट करेंगे तो आपके पास डिग्री पीडीएफ फाइल में जनरेट हो जाएगी तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं तो रिक्वेस्ट नाव पे क्लिक करेंगे जैसे हम रिक्वेस्ट नाव पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक पीडीएफ फ़ाइल लगी हुई जो जिसमें डिग्री के बारे में पूरा इंट्रक्शन दिया हुआ है तो आप इसको कायदे से पढ़ लें पढ़ने के बाद आप ये देखें दोस्तों यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है सिंग इन ईमेल एड्रेस पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है तो अभी आप रजिस्टर्ड तो है नहीं तो आपके पास होगा ही नहीं तो इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू यूज़र इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे ही आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ई मेल पासवर्ड और पासवर्ड को कन्फर्म कराना है तो चलिए दोस्तों हम अपना यहाँ पर रोल नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर हमने दर्ज कर दिया है दो रोल नंबर दर्ज करने के बाद डेट ऑफ बर्थ अब हमको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देना है मोबाइल नंबर अपना दर्ज कर देना है उसके बाद ईमेल आईडी आपको अपनी दर्ज कर देनी है और पासवर्ड अब आपको यहाँ पर एक अपना पासवर्ड बना लेना है पासवर्ड बनाने के बाद कन्फर्म पासवर्ड ये पासवर्ड आपको कन्फर्म करा देना है कराने के बाद आप ये देख सकते हैं रजिस्टर तो अब आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ गया है सक्सेस योर अकाउंट क्रिएटेड विथ दिस ईमेल। प्लीज़ लॉग इन योर अकाउंट तो आप देख सकते हैं इस ईमेल से आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं उसके बाद अब आपको यहाँ पर बैग इस बैग पर जाना है जैसे आप बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप आपको सिंग इन इस पे आकर के अपना वही ईमेल आईडी डालना है जो आपने रजिस्टर्ड करी थी तो चलिए दोस्तों हम अपनी ईमेल डाल देते हैं और पासवर्ड भी हमको वही दर्ज करना है जो हमने उस समय रजिस्टर करा था तो चलिए हम कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो ईमेल आईडी रजिस्टर करी थी वो ईमेल आईडी हमने डाल दी है और जो हमने उस समय पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हमने डाल दिया है डालने के बाद आप ये देख सकते हैं सिंग इन इस पर हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ गया है हमारा जो भी डाटा हैबाद यूनिवर्सिटी से मैच हो गया है तो ये आप ये इसको हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं तो ये दोस्तों देख सकते हैं हमारा रोल नंबर ये आ गया है एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो गया है कैंडिडेट नेम भी तो आप ये देख सकते हैं फीस तीन रुपए की ये फ़ीस है यहाँ पर फीस भी लिख करके आ गई है बस अब आपको यहाँ पर फॉर ऑनलाइन पेमेंट इस पे हमको क्लिक करना है तो चलिए दोस्तों हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एच बैंक के माध्यम से ये अब आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपका ऑर्डर नंबर आ जाएगा बस अब आपको यहाँ पर पे विथ ये इस पर क्लिक करना है तो दोस्तों पेमेंट यहाँ पर आपको हम दिखा नहीं पाएंगे उसके बाद हम ये पेमेंट कर देते हैं पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट की पर्ची जनरेट हो जाएगी और आपकी डिग्री अपने आप पी फाइल में जनरेट हो जाएगी तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट होने के बाद ये यह यहाँ पर इस प्रकार से जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट होने के बाद इस प्रकार से आपकी रसीद यहाँ पर आ जाएगी उसमें आपका रोल नंबर रहेगा एप्लीकेशन नंबर रहेगा और आपका नाम और तीन सौ रुपए की जो फीस है और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड तो आप ये देख सकते हैं अब आपकी यहाँ पे डिग्री के लिए पी फाइल आ जाएगी तो ये आप देख सकते हैं फॉर एप्लीकेशन प्रिंट जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारी डिग्री आ चुकी है ये दोस्तों सीरियल नंबर लिखा हुआ प्रोविज़नल सर्टिफिकेट और दिस सर्टिफिकेट यहाँ पर नाम आ जाएगा आपके पिता का नाम आपका रोल नंबर आपका कॉलेज और कहाँ पे है और किस सेमेस्टर की है और कितना आपका परसेंटेज बना हुआ है तो यहाँ पे आपको सब लिख कर के आ जाएगा और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर भी होंगे और किस डेट को जनरेट हुई है यहाँ पे डेट भी आ जाएगी और आपकी पेमेंट की स्लिप भी नीचे आ जाएगी दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों चीज़ें आ चुकी हैं और आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद